स्विट्जरलैंड uh, घूमने गु, चले गए ठीक है अब पैसे तो बचाने होते हैं स्टूडेंट हैं और देसी बंदे हैं ठीक है थीके? तो अब हम स्विट्जरलैंड में किसी खेत में घूम रहे हैं कोई दो बंदे आ गए बड़े बड़े चार कुत्ते लेके मतलब ऐसे कुत्ते थे छोड़ दिए ना तो खा जाएंगे तो बोल रहे कि यू आर ट्रेस पासिंग तो हमने बोला सॉरी सर हमको लगा ऐसे <laughs> खेत है हम चढ़ लें तो हमने बोला ठीक है हम निकल लेते हैं अब एक रेलवे ट्रैक है एक टनल है और उसके दूसरी तरफ एक दूसरा शहर दिख रहा है देसी बंदे हमने बोले रेलवे ट्रैक पे चलते हैं दूसरी तरफ टनल से भाई चार मतलब तुम सोच ले हाई कैलिबर आईटी के बंदे टनल में घुसे हैं एक तरफ से और एकदम से ना मतलब कांपने की आवाज आई उसके बाद जो हमको तो पता भी नहीं हमने क्या रिएक्ट करा बॉडी ने रिएक्ट करा एकदम तो चारों बाहर भागे और साइड पर कूदे और दो सेकेंड के बाद ट्रेन झुक करके गई है ठीक है और तब हमको लगा यार इतने स्मार्ट भी नहीं बनते हैं पूरा बॉन्ड सीक्वेंस मतलब मरते मरते मरते मरते बचे। लिटरली मरते मरते बचे बचे लिटरली और दूसरा एक बारी इटली चला गया तो मैं और मेरे दोस्त को लगा कि पे ना वो लोग स्कूटी लेके घूमते वेस्पा तुमको तो लगा हेस्पा लेके घूमे भाई एक घंटे तक हम बाइक चला रहे हम बोल रहे मस्त शहर है यहाँ पे ठीक तो आ, यार मस्त है साले तो इटालियन लोगों को ना गाड़ी वाड़ी बनाने का शौक होगा कि मतलब खुले में घुमाओ जितनी तेज घुमाने घुमाओ फिर साला पता लगा कि सलास रेड लाइट तोड़ चुकी हैं <laughs> क्योंकि हम तो ढूंढ रहे खंबे कि भाई एक पोल होगा उस पर रेड लाइट होगी सालों ने वहां पे वो तारों से लटका रखी रेड लाइट ऊपर ही नहीं दिया तो ऐसी काफी हरकतें की वहां पर जैसे हम लोग अभी दुबई में थे तो, चलान नहीं, चलान नहीं <laughs> तो, वो वो, तो तो दुबई में वो वो ना हम कट गया टोल टोल नहीं है है। क्या? कहता देखो उधर वो खे पे कुछ लगा <laughs> है, पे लगा हुआ है और वहाँ होता ना वो नहीं होता तो एक फ्लैश आएगी आपके आंखों के सामने ना आपका चलान कट गया है ऐसा कुछ तो सीनियर तो सर वहाँ पे आपने फिर को को को हेलो हेलो बोला? बोला? ये सुन के यार किसी नहीं पुलिस वाले का लड़का था वो अलग ही स्वैग था उसमें हार्दिक हार्दिक पांड्या टाइप था वो थोड़ा स्वैग में तो वही करता है हम तो यार घूम लिए बट फिर कुछ नहीं है बट वापस आके फिर मैंने क्या किया मैंने बोले क्या अब साल अब तो बंदी पटानी पड़ेगी मतलब थर्ड ईयर में तक पहुंच गए हो मतलब थर्ड ईयर भी खत्म कर लिया था मैंने वहीं पे फ्रांस में और फोर्थ ईयर में पहुंच गयो अब नहीं पटाई तो इसके बाद तो आई एम है मैं। वहाँ पर वैसी बंदियों की प्रपोशन और हो जाएगा उसके बाद नौकरी है तो मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन कर लिया यहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश में और एक करियर लॉन्चर आई के सामने भी था बट वहाँ पर ना बंदियाँ नहीं आती थी वहाँ पर सब अपने वो लॉन्डे लपाटे थे सब आई के बट करियर लॉन्चर वाले में न बंदियां आती थी और LSR की एस आती थी वो पास में था <laughs> तो मैंने वो कर लिया तो वा, मेरी तो संजोक की बात सुनो को जिस बैच में जाना था उससे पंद्रह मिनट लेट पूछता था कन्फ्यूजन था कुछ तो मैं हमेशा गलत बैच में बैठता था और वो उस गलत बैच में ही आती थी, थी। <laughs> तो फिर वही तो बस वही मतलब पहले वाले गर्लफ्रेंड को लगता है एक महीने से कम वालों को काउंट नहीं करना चाहिए और तो पहली गर्लफ्रेंड थी वो फिर उसी से शादी कर ली पर ये था मेरे को आ, कुछ तो स्ट्राइक कर गया था कि शादी से भी करनी है तो मतलब हुआ क्या कि मैं उसको बोलता रहता चल डेट पे चल ले बिग चिल होता था तब तभी आ... तो सब डेट के लिए नहीं मैं उसको बोल उसके पीछे पड़ा रहता था, था अब मज़े की बात उसकी कॉलेज की फ्रेंड मेरी स्कूल की फ्रेंड थी ठीक है तो अब ये मेरी बीवी परेशान की यार ये कौन बंदा पीछे पड़ा हुआ <laughs> तो है, अशनूर अशनूर <laughs> है तो उसको मेरी, मेरी जाके याद नहीं होते अभी <laughs> तो अशनूर नहीं था वो अश्नूर था वो एम ही है उससे बच के रही हो ठीक <laughs> <laughs> है तो वो होता है ना मतलब रिव्यू बहुत खराब आया मतलब अगर नौकरी का रिव्यू था तो नौकरी नहीं लगती वैसा रिव्यू था कि भाई उससे बच के रही हो बट मैं भी डीट था मैं तो और मेरे को ये था कि शादी तो इसी से होनी है तो मतलब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल दिया कि तू लिखवा ले मेरे से शादी इसी से होएगी और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बोल रहे यार तू सोच ले यार थोड़ा मतलब थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है मतलब <laughs> ऐसे थोड़ना होता है बट इवेंचुअली शादी हुई उसी से जाने वो कैसे लोग मतलब सर एक मतलब मैंने दो चार लोगों से और भी सुना है कि पहली नज़र में बोलते हैं कि शादी इसी से होगी तो उनकी हो गई मैंने भी बोला किसी को ना कि शादी से से होगी उसकी भी हो गई किसी और से <laughs> हो गई पर उसकी बार यार नहीं, नहीं, नहीं है ऐसा हो कि बहुत relationship चलते। इससे जल्दी तो देने के लिए भी अच्छी बात है भाई ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है इंटेलिजेंट लोगों की शादी जो चाहते है तो सर कितने कितने मतलब रिलेशनशिप टाइम तक चला रिलेशन शादी कब हुई मतलब फोर्थ ईयर के लिए संजोग में लिखा है तो फिर हुआ क्या वो बनिया थी ठीक है और मैं पंजू था तो उसके क्या होते हैं पंजाबी <laughs> नली, तो एंड बनिए ना अपने आपको थोड़ा सुपीरियर कास्ट मानते हैं और उसमें भी जैन होते हैं उनके लिए तो मतलब वो सबसे सुपीरियर कास्ट है तो उसके मामा मैंने बोल दिया ये तो रिफ्यूजी लड़के हैं मतलब मतलब मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान से आए थे तो उन्होंने बोले रिफ्यूजी हैं ये तो और मैं सोच रहा हूँ सर मेरे तो घर में रहता हूँ मेरे तो टेंट में नहीं रहता ये क्या रिफ्यूजी चल रहा है तो बड़ा ही पंगा हुआ फिर मेरा आई एम अहमदाबाद में भी हो गया बट uh, उसके पेरेंट्स ना उसको वापस ले गए पानीपत वो पानीपत से तो वापस पानीपत ले गए तो फिर दो साल फिर मैं एमबीए करने आईएम चला गया तो तब तक भी ना ऐसे था कि उसके लिए लड़के देख रहे थे वो कि भाई कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो हो जाएगी वो तभी तो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है बट वो लड़के देख रहे हैं उसके कि मेरे पेरेंट्स तो लड़के देख रहे हैं अब उनको मिला नहीं कोई तो फिर जब मेरे को नौकरी लग गई तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अब कर देते हैं दूर रही हूँ थोड़ा जिद्दी हूँ मतलब एक चीज ठान ली तो, आ, तो फिर लग जाता हूँ पीछे कुछ तो मैं तो टिप्स पूछ रहा हूँ ईगो तो में ले जा रहे हो ईगो में नहीं है सर शॉर्टकट पूछता है तू टिप्स नहीं पूछता <laughs> नहीं कुछ तो बताओ आपने कुछ ऐसा लाइन चाहिए